गोल्डन वर्ड्स बाय साडे गुरुजी। गुरुजी ने इंग्लिश में कहा ओनली डेड फिश स्विम विद द टाइड गुरुजी कहते हैं एक मरे ज़मीर वाला इंसान ही दुनिया के गलत रास्ते पर चलता है हमें गलत हालात से समझौता ना करके सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए एक और है सेल्फ प्रेज इज़ नो प्रेज अपनी बढ़ाई खुद से हमें नहीं करनी चाहिए इंग्लिश में एक और कहा गुरुजी ने हेल्थ इज़ योर रियल वेल्थ तुम्हारी असली दौलत जो है वो सेहत है एक और है कीप योर ईगो इन कंट्रोल अपने अहंकार को वश में करके देखो एक और है लाइफ इज़ नॉट ईजी आई वॉज टोल्ड बाई गुरु जी बट प्रेयर कैन सोल्ड आउट एनी थिंग दोज हु प्रेयर आर ब्लेस्ड जिंदगी आसान नहीं है दुआ हर मसले का हल है एक और है गुरु जी का जो उन्होंने इंग्लिश में कहा टू मच ऑफ एवरी थिंग इज बैड किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए अच्छा नहीं है।